अगला ऑप्शन जो हमारा अब हमने यहाँ पे क्या किया हमने प्रोटेक्शन कर लिया हम यहाँ पे अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर दिए मतलब कि इसमें किसी भी तरह की हम चेंज नहीं कर सकते लेकिन इसको कॉपी तो कर सकते हैं और कॉपी करके हम उसको अगले किसी सीट पे ले जा सकते हैं हम इसको सिलेक्ट किया कॉपी किया और किसी भी सीट पे इसको पेस्ट कर सकते हैं अब यह मेरा नया चैलेंज है कि मैं अपने डेटा को कॉपी से डिसेबल करना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन मेरे डेटा को कॉपी ना कर सके तो कैसे होगा देखिए एक्सल में ऐसा कोई फीचर नहीं है कि आप कॉपी को डिसेबल कर सके कॉपी तो होगा ही होगा बट कॉपी के अलावा मतलब कि आ, क्या किया जा सकता है तो कॉपी के लिए सबसे जरूरत पड़ती है सिलेक्शन अगर हम सिलेक्शन को रिमूव कर दें तो कॉपी कॉपी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा हम कंट्रोल सी नॉर्मली कंट्रोल सी भी करेंगे फिर भी हमारा कॉपी नहीं होगा कैसे करें जब भी हम यहां पेपर में प्रोटेक्ट करता हूं पासवर्ड के साथ जब भी हम पासवर्ड डालते हैं तो यहां बहुत सारे चेकबॉक्स होते हैं ये बहुत सारे चेकबॉक्स क्या है फ्टर दोटेक्शन आप क्या का यूज कर सकते हैं जैसे कि फॉर्मेट सेल हमने फॉर्मेट सेल पे क्लिक करके जैसे ओके किया तो अब पासवर्ड डालने के बाद भी मैं डेटा तो चेंज नहीं कर सकता हूं बट डेटा के ऊपर फॉर्मेटिक कलर वगैरह जो होते हैं वो फॉर्मेटिंग कर सकता हूं अब मैं शॉर्टिंग कर दिया तो शॉर्टिंग कर, कर सकता हूं पिमट कर दिया तो पिमिट कर सकता हूं मतलब चेकबॉक्स में जो भी चीजें क्लिक होगी वो आपका पासवर्ड डालने के बाद भी अप्लाई होगा तो यहां पे बाई डिफॉल्ट यहां पे आप देख रहे हैं कि स्लैक स्लैक लॉक सेल एंड स्लैक अनलॉक सेल स्लैक लॉक सेल एंड स्लैक अनलॉक सेल तो लॉकड अनलॉक क्या होता है इसके बारे में आगे बढ़ेंगे कि फिलहाल हमें थोड़ा पता है कि सिलेक्शन सिलेक्शन करने की परमिशन है कि आप एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं तो मैं इस इसेक्शन को हटा देता हूं अब मैंने यहाँ पे पास पासवर्ड डाला है पासवर्ड डालने से पहले मैं एक अलग एरिया अब मैं यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट और अनलॉक अनलॉक हटा देता हूं साइड चेकबॉक्स को और पासवर्ड डाल के जैसे ओके करता हूं पासवर्ड को कंफर्म करूंगा फिर आप पासवर्ड नहीं डाल बट आप लोग पासवर्ड डालिए अब देखिए मैं कहीं पर क्लिक ही नहीं कर पा रहा तो अगर क्लिक किए बगैर कॉपी करेंगे तो सिंगल सेल सिलेक्ट होगा जो तो कि ब्लैंक एरिया में सिलेक्टेड था मतलब मेरा डेटा अब कॉपी से बाहर हो गया अब इसको मैं कॉपी नहीं कर सकता